ये क्या बना है पता नहीं मैंने गलती एक बटन आ रहा था दबाया ये बन गया ये वाले तू इधर आ वाले तू किसी पार्टी में गया ठीक है इधर आ इधर आ रही चुप चुप कुछ मस्ती कर रहा हूँ बार काउंटर है ठीक है ठीक है अब ये तो कुछ बोल तुझे जो चाहिए हाई सर हाउ के विदाउट कोकसी विद कोक और विदाउट कोक सर मतलब विदाउट आइस उट आइसाउट आइस और सर सर. सर? सर सर साथ में क्या लेंगे? Price, price. Price. एक सर. नहीं लेंगे सर? सर, आपकी बत, सर, एक एक नहीं ये ये लीजिए लीजिए. आपकी आप मुझे बहुत पसंद आ गए हैं आइए तो तो तेरे लिए. यहाँ भाई, भाई, भाई, भाई, तो <laughs> भाई तो मन करे वाह अंतिम में देख रहे ये देख लो